कैसे मंजर सामने आने लगे हैं कैसे मंजर सामने आने लगे हैं गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं अब तो इस तालाब का पानी बदल दो ये कब्ल के फूल कुमलाने लगे हैं वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों में तहखाने तह लगे हैं मछलियों में खलबली है अब सफी ने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम आदमी को भूल कर खाने लगे हैं कैसे मंजर सामने, सामने आने लगे हैं कैसे मंजर सामने आने लगे हैं गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं